ठीक से ना जी रहो बात चल झूठी अरे बात चल रही है बात नहीं आराम से यहीं चलेगा राहुल कोई इधर से आ रही है भाई जस्ट zindabad zindabad zindabad zindabad are upar utha liyo aage tumdo चलो चलो चलो चलो चलो पीछे चलो पीछे चलो